पार्ट टू वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें आज हम दो से चार तक सॉल्व करने वाले हैं यदि आपको पार्ट देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन नंबर देखिए सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए यहाँ दिया है टू टेन तीस डिग्री बटे में वन प्लस टेन स्क्वायर तीस डिग्री इसको सॉल्व कर रहे हैं टू है टू लिखे टेंतीस डिग्री का मान होता है वन बटे रूट थ्री बटे में वन प्लस टेंतीस डिग्री का मान होता है वन बटे रूट थ्री इस पर स्क्वायर डाल दिए हैं तो स्क्वायर डाल देंगे इस पर भी अब दो एक करेंगे दो बटा रूट थ्री हो जाएगा बटे में वन प्लस एक का स्क्वायर एक ही होता है रूट से स्क्वायर करता है हम लोग पहले से जानते हैं देखिये दो बटे रूट थ्री है इन दोनों का अलग लेते हैं तीन आ जाएगा तीन से भाग देंगे एक में तीन आ जाएगा तीन से भाग देंगे एक आएगा बटे में टू बटा रूट थ्री दिया है पहले से ही अब देखिए टू बटे रूट थ्री यहाँ तीन एक चार हो जाएगा इसको प्लट देंगे तीन ऊपर कर देंगे और चार पर नीचे कर देंगे एक कटा देंगे दो एक दो चार फिर तीन एक तीन यहाँ आ जाएगा थ्री। आ जाएगा अब देखिए तीन को हम इस तरह लिख सकते हैं बटे में टू बटे रूट थ्री क्यों लिख सकते हैं हम लोग जानते हैं रूट से रूट में तीन से तीन गुना करेंगे नौ आ जाएगा नौ काम क्या होगा तीन होगा कटा देंगे तीन से तीन आ जाएगा रूट थ्री बटे 2, रूट थ्री बटे टू इसमें किसका मान होगा साइन सात डिग्री का मान, को सात डिग्री का मान, टेन सात डिग्री का मान, साइन तीस डिग्री का मान। साइन सात डिग्री का मान होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर वन साइंस सात डिग्री यही आपका आंसर रहा हेलो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर दो देखिए दो कारोम संख्या दो कतः वन माइनस टेन स्क्वायर पैंतालीस डिग्री बटे में दिया वन प्लस टेन स्क्वायर पैंतालीस डिग्री इसका मान कत निकालने के लिए यहाँ वन दिया है वन दे देंगे पहले टेन पैतालीस डिग्री का मान होता है वन देखिये इस पे स्क्वायर दिया है तो इसमें भी स्क्वायर डाल देंगे बटे में वन दिया है वन दीजिए प्लस टेन दिया है टेन पैंतालीस डिग्री मन होता है इस स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे एक है एक का स्क्वायर हम लोग जानते हैं एक होता है बटे में एक है प्लस एक एक घटेगा तो जीरो बटे में दो कटेगा तो जीरो बराबर में देखिये इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा जीरो मोन निकला है जीरो होगा यहाँ लिख देंगे सही विकल्प डी यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर दो का रोमन संख्या तीन देखिये कहता है साइन टू ए बराबर टू साइन तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है ये चारो ऑप्शन में हमको देखना होगा ए बराबर कौन सा मान लेने पर दोनों का मान बराबर रहता है तो यहाँ ए बराबर जीरो लेते हैं साइन टू ए का मान क्या लेते हैं जीरो टू साइन जीरो डिग्री अब देखिये साइन यहां टू से जीरो डिग्री में गुना करेंगे कितना आ जाएगा जीरो डिग्री से गुना करने पर साइन में तो क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा इसमें देखिये साइन जीरो डिग्री का मान जीरो ही होता है फिर इससे गुना करेंगे बराबर में जीरो ही आ जाएगा तो कौन सा हुआ ऑप्शन नंबर ए इसमें टिक कर देंगे दो क्वेश्चन नंबर दो रोमन संख्या चार का सॉल्व करने वाले हैं देखिए टू टेन तीस डिग्री बटे में दिया वन माइनस टेन स्क्वायर तीस डिग्री यहाँ देखिये हम लोग जानते हैं टेन तीस डिग्री का मान होता है 1 बटा रूट थ्री और 1 माइनस टेन स्क्वायर तीस डिग्री का मान होता है 1 बटा रूट थ्री स्क्वायर दिया है तो क्या कर देंगे इस भी स्क्वायर डाल देंगे ऊपर से गुना करेंगे दो गुना एक दो दो बटा रूट थ्री फिर यहाँ एक दिया है एक देंगे एक का स्क्वायर एक होता है रूट से स्क्वायर कट जाता है यहाँ तीन आएगा फिर इसका एल्शियम ले लेंगे फिर इसका एलसीएम लेंगे दो बटा रूट थ्री एल्सियम आ जाएगा तीन तीन से भाग देंगे तीन माइनस एक आ जाएगा फिर कटा देंगे दो बटा रूट थ्री बटे में तीन में घटेगा एक तो कितना जाएगा दो दो बटा तीन हो जाएगा अब देखिए इसको दो बटा रूट गुना में तीन को ऊपर कर देंगे दो को नीचे कर देंगे जाएगा, यहाँ आएगा तीन बटे रूट थ्री तीन को हम लोग जानते हैं किस तरह लिखना है तीन को हम लिख सकते हैं तीन को लिख सकते हैं बटे में रूट थ्री कटा देंगे तो क्या जाएगा यहाँ रूट थ्री आ गया इसमें देखना है कोई सात डिग्री का मान रूट होता है की साइंस सात डिग्री का मान का मान यहाँ देख रहे हैं मौन होता है रूट थ्री ऑप्शन नंबर सी आपका ही आंसर हो जाएगा है टेन ए प्लस बी, और टेन ए बी, वन बटा रूट थ्री कहता है जीरो के जीरो से बड़ा है ए प्लस बी और बराबर है नब्बे डिग्री का फिर दिया है ए बड़ा है बी तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया है दिया है टेन ए प्लस बी बराबर में रूट इसमें सबसे पहले करना है ए प्लस बी लिख देना है और इसमें पता लगाना है टेन में रूट किसका मान होता है हम लोग जानते हैं टेन सात डिग्री का मान रूट होता है टेन टेन कैसे हो जाएगा ए प्लस बी बराबर में सात डिग्री इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना पुनः देखना है फिर क्या होगा यहाँ पर टेन दिया है ए माइनस बी बराबर में वन बटा रूट तो टेन ए माइनस बी इसका मान होता है टेन में 30 डिग्री का मान होता है तो टेन टेन कैंसिल कर देंगे A माइनस बी बराबर तीस डिग्री इसको समीकरण मान लेंगे सेकंड। यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पर जोड़ने समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ने पर लेकिन यहां यहाँ समीकरण फर्स्ट निकाला हुआ है a प्लस बी बराबर में साठ डिग्री समीकरण फर्स्ट हो गया फर्स्ट लिखना कोई जरूरी नहीं है a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री जोड़ने पर लिखे दोनों कट जाएगा और यहाँ टू ए होता सा तो एक आमान आ जाएगा नब्बे डिग्री हम लोग जानते हैं जो गुनाम रहता है ज्यादातर क्या होता है भाग में कटा देंगे तो कितना पैतालीस डिग्री एक आमान आ गया पैतालीस डिग्री देखेंगे समीकरण फर्स्ट में समीकरण फर्स्ट में एक आमान एक आमान रखने पर समीकरण फर्स्ट यहां देख रहे हैं यहाँ पर दिया है a प्लस बी बराबर में सात डिग्री स्टूडेंट ध्यान रखना है समीकरण फर्स्ट या सेकंड में किसी में मान रख सकते हैं वही मान आएगा तो a का मान दिया है पैतालीस डिग्री ए कर पैंतालीस डिग्री कर दिए b बराबर सात डिग्री तो b का मान क्या हो जाएगा साठ डिग्री यहाँ प्लस हो जाएगा क्या होगा माइनस तो b बराबर क्या होगा साठ में पैतालीस हो तो पंद्रह डिग्री यही आपका आंसर हो गया और ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर चार का रोन संख्या कत बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए यहाँ दिया है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बीस तो होगा असत्य होगा क्यों होगा देखिए यहाँ ए बराबर सात डिग्री रखते हैं और बी बराबर तीस डिग्री रखते हैं तो ऐसा रखेंगे क्योंकि तो जुर्मे पर नब्बे डिग्री पूरा जाता है यहाँ तीस यहाँ रखते हैं यहाँ पर क्या होता है पचहत्तर डिग्री पूरा जाता है नहीं पूरेगा पचहत्तर डिग्री का मान यहाँ में यूज नहीं है तो एलेट से देखते हैं प्रूफ करके एल में दिया है साइन ए प्लस ए का मान कितना लेना है 60 डिग्री और बी का मान कितना लेना है 30 डिग्री तो साइन 60 और 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है एक होता है अब आरएचएस से चेक करके देखते हैं आरएचएस बराबर दिया है साइन ए प्लस साइन बी साइन एक के कितना डिग्री लेना है हमको सात डिग्री न रखना है बी के कितना रखना है तीस डिग्री रखना है साइंस सात डिग्री का मान क्या हो जाएगा रूट थ्री बटे टू साइंस तीस डिग्री का मान एक बटर दो, दो का लघुत्तम दो हो जाएगा रूट थ्री प्लस में वन हो जाएगा अब देखते हैं इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा देखिए इसको सॉल्व किए तो वन आया और इसको सॉल्व कर रहे हैं तो रूट थ्री प्लस वन बटर टू आ रहा है तो एक ऐसा मान आ रहा है नहीं आ रहा है तो इसलिए सत्य है चार का देखिए क्वेश्चन नंबर दो कथिटा में वृद्धि होने के साथ साइंसा के मॉन में भी वृद्धि होती है ये सत्य है स्टूडेंट सत्य है क्यों सत्य है क्योंकि हम लोग देखे थे जीरो डिग्री का मान जब रखे थे जीरो डिग्री का मान जीरो होता है साइन में और तीस डिग्री का मान वन होता है और फिर पैतालीस डिग्री का मान कितना होता है एक बोटा रूट होता है टू होता है इसमें मौन तो बढ़ रहा है ना वृद्धि हो रहा है ना इसलिए सत्य है क्वेश्चन नंबर चार करीटा में वृद्धि होने के साथ कोशीता के मान में भी वृद्धि होती है असत्य है स्टूडेंट औसत्य है असत्य है अभी है देखे हैं साइन थीटा पर जाएगा इसलिए हमेशा ध्यान रखना है साइन थीटा का मान में वृद्धि होती है ठीटा में और कोषा में कमी होती है क्वेश्चन नंबर चार को रोमन संख्या चार देखिए मान सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोषा होता है औसत्य है है, क्योंकि साइन साइन 45 डिग्री और कोष 45 डिग्री का मान ही बराबर सिर्फ होता है सभी मान नहीं होते हैं इसका रूट टू होगा इसका भी बटा होगा क्वेश्चन नंबर का रोमन संख्या पर परिभाषित नहीं है सत्य है क्यूँ सत्य है सत्य कोर्ट जीरो डिग्री का मान अपरिभाषित होता है और अपरिभाषित होता है इसलिए इसलिए यह सत्य है हेलो स्टूडेंट वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें